देख बो क्या तू देख सके हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं आमूर्ति ले मन तू छुट्टी दे मूर्ति सजना न दे दी परमात्मा जी रुखत हो गया अब सजना जब आए लगन लाल जी छोड़ दिया सब कर्म बीबी बच्चा सब छोड़ दिया बन बी चल दिया मोह न कर गरीब में एक की तो है <coughs> भगवान को जहा जहाँ ढूंढने लगा दिन उगया हुए तो चाल बाल आग जाए और रात में और बस हो भी गई और कोई लगन नहीं एक ही लगन कि कहीं मेरे को भगवान मिले मिल जाते सच्चे प्यार में मिल जाते सच्चे प्यार में ओ भगवान भगवान को हमने दुर्घर खाते देखा कोई कह भगवान गोपियों के पायल की जनकार में श्री राधा के श्रृंगार में और रुक्मणि की मनवार कई रोज बीत गए विचरण करते कई रोज बीत गए विचरण करते और मोड़ अचानक एक आया एक नगरी में गया सजन को एक साहूकार ने भरा गोर वर्ण ब्रह्मचर्य सडोल शरीर था हत्ता सट्टा हत्ता कंठा गोर वरण ब्रह्मचर्य सजन शरीर था और देख मूर्ति मन भावन से ठाणी का मन विकित हुआ एक सजना का एक एक श्वास प्रभु के बार बार करता सुमरन सजना का एक -एक स्वास प्रभु का बार बार करता सुमरन मेरी मुसाफिर भूख मिचारे गा ये गैठा और एक नगर में जाकर के एक साहुकार ने उसको रूप दिया की हे प्रभु धन्य हो हमारे घर पर संत आए जो संत को आदर दीना चरण धोय चरणामृत लीना संत के चरण पर खाए चरणामृत लिया आज मेरे भाग्य जागे हे प्रभु रात भरत यहीं परविश्राम करो सजना ने उसकी विनती स्वीकार की और रुक गया सेठानी को माता और सेठ को पिता तो जान करके सजना ने सहारा ले लिया रात को बहुत अच्छे बिस्तर कर दिए सजन को और अलग एक कंपार्टमेंट दे दिया कमरा जैसे ही सजन को अलग मिला अब आधी रात हुई और सेठानिया जागो ए मानवी जरूर कोई बात है जागो मुसाफिर जरूर कोई बात है जिंदगी में तेरी मेरी पहली मुलाकात जागो है सजना के हाथ जोड़ बता एक बात तू सजना के हाथ जोड़ बता एक बात तू सजकर मर्यादा माता आई आधी रात सज कर मर्यादा माता आई आधी रात तेरा माँ का कहना मेरे सोलना की बात है तेरा माँ का कहना कारण है में दा दा को पानी पिला दे भला होगा आज तेरा भला होगा रे क्यासी को पानी पिला दे क्या को पानी पिला दे भला होगा आज तेरा बना होगा आजरे ऋतु मती में हूँ कब तक कहूँ मैं लिहाजरे ओ करू मैं लिहाजरे ऋतु मती में हूँ कब तक करू मैं लिहाजरे करू मैं लिहाज यो मणिया है न पूषक मेरी गम की हवा लाल रहे जी न पुषक मेरी गम की हवा नाम रहे जिंदगी में फाटक खो माता आधी रात में आप माता मत को क्यों ये माँ का शब्द सूर के समान मेरे कलेजे में लग रहा है माता मैंने तेरे घर का अन्न खाया है क्या कह रही है तू फाटक खो ले हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया माँ कहो माँ मत देख ये बढ़िया न है पर मैं आधी रात को आई हूँ ऋतुवती <Sessy> होकर के मांगू तुझसे दान में तेरे जैसी रुष्ट पुष्ट चाऊ संतान में ऋतुवती <Sessy> <Sessy> होकर तुझसे मांगू ऋतु दान में रुष्ट पुष्ट चाहू तेरे जैसी संतान में चाहू संतान में <Sessy> सजना ये बनिया नपोषक है और मैंने पंद्रह सोलह साल बिता दिए लेकिन आज मैं अपनी जान को नहीं रोक सकती क्यों कि ये मन मतंग है और जब मदन चढ़ता है इस वक्त चारों तरफ मेरे को बसंत दीख रहा है वो तुझने और तेरा भला होगा भीख मांग रही हूं वो तुझे हाँ माता मेरे जैसी संतान चाहिए देख मेरा बच्चन जो तेरे मन में भा जाएगा हर नहीं लगे माता रंग भी आ जाएगा मेरा जो बच्चन है तेरे मन में भा जाएगा हजी नहीं लगे रंग भी आ जाएगा बेटा के करे रख दे मेरे सर पर तेरा हाथ है बेटा के कर रख दे मेरे सर पर तेरा हाथ है संतान चाहिए सुने कहावत नहीं सुनी क्या कि भगवान एक जैसी संतान एक ही बनाता है दूसरी में तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा नौ महीने बोझा मर कर कै नूर गमावे नूर गै मा नूर गमावे ग नौ महीने बोझा मर कह क्यों गावे माँ फिर भी मेरे जैसा क्या मालूम उत्तर नहीं पावे माँ उत्तर नहीं पावे माँ मुठ तुलसी राम है रक्षक गुनाथ है का प्रेज रखेगी कई जगह मत जाएगा पैदा करती समय जमरात से मुकाबला करके उसको जन्म देगी फिर गीले में तू सोएगी सूखे में उसको चुलाएगी और छह महीने तक खट्टे मीठे का प्रेस रखना पड़ेगा फिर भी क्या फिर हो या नहीं हो ऐ मारी मां अर्जी ला गए फटकड़ी रंग भी अच्छे आ जागे मारा मां था फाइल की बोल कि महाराज महात्मा समझ करके मैंने इसको रोका और रात को ये मेरी जवानी पर अभी हो गया